कितना हरा हरा साग है तो हम लोग का भुजिया है जो मैंने आप देखिए मैं यहाँ पे रहा साग है जो मार्केट से लाए थे कल खरीद के तो इसको काट रहे हैं हमने धो पर को निकाल के चढ़ा अभी। एक पुआ से थोड़ा ज्यादा है तो तो तो हम इसको पर अभी निकल रहा है काटने के। मैं आलू और का तो मैंने आलू ले लिए हैं तो कोई कोई तो डालता है मेरे छीले का टाइम नहीं है तो मैं छील के लिए ऐसे ही डाल देती हूँ तो इतना बड़ा बड़ा पीस कर दिया काटना। पर रखा हुआ है। थोड़ा प्याज और लहसुन और मिर्ची रही हूं। आलू आलू के लिए, लिए। नहीं तो यहाँ पर मैंने जो साग चढ़ा रखा था पक चुका है तो इसको हम हाँ अब डाल देंगे पानी इसमें साग में तेल डाल लिया तड़के के लिए अभी लहसुन लहसुन साफ कम पड़ रहा है थोड़ा लहसुन और डालूंगी तो यहाँ पर मसाला रेडी हो चुका है देखिए जल चुका है आधा आधा आधा और जल जाए तो मैं इसमें जल्दी से तड़का लगा के भुजिया चढ़ाऊंगी ये मैं राय साग झोल बनाने के लिए तड़का लगा रही हूँ पूरा जलने में तो टाइम लगेगा तो इस गैस में चढ़ाना पड़ेगा अभी तो तड़का लगा के चढ़ाऊंगी फिर तो सारा कुछ जल चुका है आधा आधा करके लहसुन भी आधा ही जला मिर्ची भी आधा जला प्याज भी जल चुका है अब मैं इसमें तड़का दे देती हूँ अब इसमें दूंगी नमक नमक देके छोड़ूंगी पकने के लिए दूसरे पतीले में पकाऊंगी मैं तो क्योंकि मुझे बर्तन चाहिए अभी तो नमक दे देती हूँ थोड़ा सा उस टाइम में कम दिया था इतना पानी है इसमें झोल सम जिसको बोलते हैं हम लोग तो इसमें झोल है इतना तो नमक कम पड़ जाएगा तो नमक और दे दिया ऊपर से तो हम लोग राय का झोल बोलते हैं इसको हम तो मैं इसको निकाल लेती हूँ दूसरा बर्तन जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे बहुत ज़्यादा पानी है तो पानी तो मुझे इतना ही चाहिए इसमें कि तो मैं थोड़ा सा इसको तो पका भी जो कच्चा पन है पानी का और मसाले का तो दोनों को मिक्स करने के लिए गैस जलाऊंगी तो गैस तो मैंने ऑन कर दिया है मुझे जलाना पड़ेगा तो गैस चालू करके छोड़ दिया है मैंने तो इसमें खोल आएगा तब बंद करूँगी यहाँ पर देखते हैं हम बनाते हैं जो आलू और सिम काट के रखा है तो उसके लिए मसाला वगैरह सारा काट के प्याज मिर्ची लहसुन एक ही प्लेट में काट लिया था मैंने बोला कि अलग अलग कौन काटेगा बोल के तो इसमें तेल दे देती हूँ अरे भी जल्दी जल्दी से पक जाएगा तो यहाँ पर मसाला गर्म हो गया अच्छा तरीका से मतलब पक चुका है मसाला तो।, तो मैं इसको अभी थोड़ा सा और पका पकाऊंगी उसके बाद नहीं पकाऊंगी इसमें डाल दूंगी मैं अब ये तो फिर उसके साथ में पकते रहेगा सब्जी के साथ में तो यहाँ पे मैंने डाल दिया सेम आलू कुछ कर लिया तो देखो नहीं नहीं काटा इसको मैंने पूरा गोटा रह गया है गोटा का मतलब ए, नमक डाल दिया हल्दी पाउडर अच्छा से पका लेते हैं मतलब कि मिला लेंगे हम कर देंगे हम इसमें पानी नहीं देंगे तो इसलिए हम इसको गैस को कम कर रहे हैं तो धीरे धीरे पकेगा बुल के लाइट चला यहाँ पर लाइट चला गया है तो देखिए मतलब खोला चुका है साग में तो थोड़ा सा और खोला लेंगे इसको हम तो कितना हरा हरा साग है पीला नहीं पड़ा बिल्कुल भी, भी नहीं अभी जिसको हम जब उतारेंगे तब दिखाएंगे आप लोगों को लाइट नहीं है इसकी वजह से अच्छा से नहीं दिख रहा है साग पक चु... यहाँ पर साग पक चुका है तो मैंने गैस बंद कर दिया है तो बार बार आना करते रहता है दिन भर दिन को भी ऐसे ही होता है रात को भी ऐसे ही होता है तो हम इसको बस उसको जल गया है थोड़ा थोड़ा दूसरा कम करने लगी थी इसके कारण तो अच्छा बना हम लोग के लिए लो तो ठीक ही है आप लोगों को भी अच्छा लगेगा शायद बना कर देखेंगे तो एक दो बार तो देखिए बन चुका है अभी तक भी लाइट नहीं आया हुआ है यहाँ पर पक रहा है गैस पूरा कर दूंगी हाई तो देखिएगा आलू भी अच्छा तरीका से पक चुका है टूट रहा है अच्छा से तो मैं आप लोगों को तीनों तीनों सब जो जो जो बनाया मैं आज सभी को दिखाऊंगी अभी तो इसको उसको नीचे नी, उतार लेती हूँ नीचे उतार लेने के बाद तो यहाँ पर रखा हुआ है चावल चावल भी अच्छा से है देखो गीला नहीं है और यहाँ पर साग कितना हरा हरा है मैंने ढक्के नहीं छोड़ा था इसलिए हरा हरा हो गया ढक्के छोड़ने से पीला हो जाता है तो ये हम लोग का भुजिया है जो मैंने अभी उतारा नीचे से भी अच्छा बना तो भाई और बहनों आप सभी को अगर अच्छा लगे हमारा वीडियो तो लाइक और सब्सक्राइब करना यही है मजदूर की जिंदगी रूबी कैसा बना अच्छा है। अच्छा है, है। तुम झूठ बोलती हो तुम सच में अच्छा बना हाँ। तो एक बार चैनल को बाय करो गुड